कि भारत सदियों सदियों से हजारों साल से उन्हीं परंपराओं पे है उन परंपराओं के ऊपर कुछ जंग लग गई है कुछ काई जम गई है कुछ कमजोरी पैदा हो गई है उन्हें हटाने की जरूरत है भारत कभी नया नहीं था भारत सदियों पुराना था आज भी है और हजारों हजारों साल तक रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है चुनौतियां बदलती रहती हैं पहले लोग पे खड़े होकर खजूर तोड़ते थे पहले लोग हाथियों से लड़ते थे घोड़ों पे लड़ते थे आज ए के 47 से लड़ रहे हैं आज बम धमाकों से लड़ रहे हैं आज देश में अलग अलग शहरों में मॉब लिंचिंग हो रही है डराने की कोशिश हो रही है तो ये तो 1400 साल से चल रहा है कोई नई बात थोड़ी है इसमें उनका इतिहास नहीं पढ़ा और आप एक नरेटिव को गलत तरीके से चला रहे हैं यहां अंग्रेजों का राज था और जब आप यह कहते हैं कि अंग्रेजों का राज था तो आप उस मानसिकता को जिसको एक्सपोज करना चाहिए था उसे छुपा देते हैं इसलिए आपके दुश्मन ने जो नेरेटिव बनाए आप उस नरेटिव को आगे चला रहे ये कहा कि भारत में 250 साल तक ईसाइयों का राज रहा हम ये नहीं बोलते हैं, हम अंग्रेज कह करके उनकी उस, उस मानसिकता को छुपा जाते हैं इसलिए जो भी कुछ उन्होंने किया वो उसी मानसिकता के तहत किया गोवा में जो कुछ हुआ वो उसी मानसिकता के तहत हुआ इसलिए आप जब किसी बात को रखें एक झूठा पैक चला मारे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के जन आंदोलन की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी ने ही हमें आजादी दिलाई हम सब ये पढ़ते हैं हम बच्चों को बताते हैं कांग्रेस पार्टी में ये थे ये थे ये थे क्या कभी हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसने बनाई थी क्यों बनाई थी क्या कारण थे ये नहीं बताया उसके कारण हमने सत्तर साल तक मूर्खों को झेला अगर सच बात आप बता दें समाज में तो मैं यह नहीं मानता कि सौ में से सौ परसेंट लोग जो हैं, उसे मान लेंगे। लेकिन दस परसेंट भी उस सच को समझ जाएं, तथ्यों पे समझ जाएं, तो उससे कैसे बदलाव हो सकता है हमारे यहां अठारह का एक आंदोलन हुआ मंगल पांडे का नाम हम सबने सुना अठारह के उस विद्रोह से जैसे ही अंग्रेज और हमारे भारत के क्रांतिकारी आमने सामने आए फौरन ही अंग्रेजों को यह लगा कि यह हमसे गलत काम हो गया अंग्रेज मारे गए तो जैसे हमारी आदत है हम हर चीज में हल्ला बहुत मचाते हैं और कुछ काम बिना हल्ला मचाए होते हैं चौदह से आप यह देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि हल्ला मचाना है अभी हल्ला मचाने के लिए अभी और समय लगेगा अभी हल्ला नहीं मचा अंग्रेजों ने 1857 की उस क्रांति में जिसमें कई अंग्रेज मारे गए उन्होंने उस पूरी उसको बर्दाश्त किया और एक रणनीति बनाई और यह उन्हीं को पता थी आज तक नहीं भारत के लोगों को पता चल पाए हम आज भी यही समझते हैं और हमें यही पढ़ाया जा रहा है 1857 के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि अब कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी जिससे अंग्रेज मारा जाए अंग्रेज और भारतीय क्रांतकारी आमने सामने आए और खामोश हो गए और अंदर ही अंदर उन्होंने काम किया कैसे सरकार ने रहते हुए उस दौर के ऑफिसर्स ने भी कैसे काम किया इसलिए मैंने कहा कि राजेश कुमार मौर्य साहब ने जो ये कर सकते थे उन्होंने कर दिया बस खत्म इटावा नाम की एक जगह आप सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश में वहाँ एक कलेक्टर था अंग्रेज यह काम उसको सौंपा गया उस अंग्रेज कलेक्टर ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी और हम आज ये मानते हैं कि अंग्रेज इतने महान लोग थे उन्होंने हमें उन्हों गुलाम बनाया हमें लूटा सब कुछ किया और वही हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि चलो तुम्हें आजादी देने के लिए एक हम पार्टी बनाते हैं और साथ साथ एक लाइन से जॉर्ज यूले सर विलियम एल्फ्रेड बेब सर हैनरी कॉटन सर विलियम वेबन एनी पेसिफिक इतने अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे क्योंकि उन्हें भारत को आजादी देनी थी किससे देनी थी और हम कह रहे ऐसा उन्होंने पूरा आडंबर खड़ा किया कि आज तक ये चल रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को इतने समय तक पाल के गए हैं और अब तो कांग्रेस पार्टी अपने जो वैज्ञानिक उसमें पैदा किए हैं उन्होंने वो परम ऐसे ऐसे लोग हैं कि दुनिया का कर रही है ये खोज हम नहीं कर पाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष खोज कर ले और आज भी हम चाहे दो सीटें भी देते हैं दे देते दे हैं उन्हें या तो हमें एंटरटेनमेंट चाहिए पार्लियामेंट में इसलिए दे देते दे दे चलो कुछ, कुछ इंड को इतनी इतनी गूढ़ बातें होती हैं हंसने हंसाने के लिए चाहिए और वो भी महान आदमी है निराश नहीं करता करके एक ना एक खोज करके लाते उसकी सबसे बड़ी खोज इस आधुनिक भारत में कि उसने आलू से सोना बदला तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास जाने या न जाने लेकिन उसकी जड़ को जाने बगैर उस बरगद के पेड़ को जब तक जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक यही सब होगा कि वंदे मातरम आज भी भारत की संसद में अधूरा बजाया जाता ये मेरी मुहिम का हिस्सा है और इस आठ साल के सफर में मैं आपको पूरी ताकत के साथ पूरे अपने होश और हवास में आपको यकीन दिलाता हूं और मेरा ये यकीन इसलिए नहीं है आप सब जानते हैं कि मैं सत्ता के किसी चपरासी तक को नहीं जानता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और न मेरे जानने की ख्वाहिश न मिलने की ख्वाहिश लेकिन यह मैं जानता हूं लंबे समय के बाद सत्ता में कुछ लोग ऐसे आए हैं जो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं इसलिए हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि यह काल हो गया तो अब इसका क्रेडिट किसे मिलेगा यह क्रेडिट लेने की होड़ आपको कभी सच बात बोलने की हिम्मत नहीं देती है तो सबसे बड़ा बदलाव जो नई चुनौती आपने बताई है वो यह है कि बेलगा में जब मैं पिछली बार आया था तो आपके शहर के एक ईमानदार क्योंकि मैं दिल्ली में उन्हें जानता था जब यहां बैठा था तो वो भी आगे की बेंच में बैठे थे वो अब हमारे बीच में नहीं है रेल मंत्री हुआ करते थे वो आज भी उनके परिवार से भी मिलने गया तब से लेके अब तक मैं एक ही बात कह रहा हूं जब सत्ताएं मन से नीचे बैठने लगे तो समझ लीजिए कि राष्ट्र मजबूत हो रहा है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन उल्टा पहली बार हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग होंगे मेरे बाल जल्दी सफेद हो गए इसलिए बुजुर्ग बहुत मान्य मुझसे भी पहले लोग यहां होंगे बहुत सारे कि हमने यह देखा कि स्थिति यहां तक आ गई कि सरकार देश उसके इंस्टीट्यूशन ये बहुत छोटे से होते हैं